नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज में दोस्तों आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनका सेक्स पावर बहुत कम है जिनको प्री मैचर एजुकेशन की प्रॉब्लम है अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है जिनका वीर्य बहुत ज़्यादा पतला है जिनका वीर्य तुरंत निकल जाता है जो लोग सेक्स करने जाते हैं और सेक्स कर भी नहीं पाते वजायना में पेनिस को डाल भी नहीं पाते इससे पहले उनका वीर स्कग्लिक हो जाता है ठीक है मतलब वीर निकल जाता है मतलब ओवरऑल आपकी लगभग सभी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो है दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये जो दो पैकेट जो दवाई के हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मतलब मैं आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ तो इसको फ्री में पाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब करना है बेल आइकोन दबाना है वो नोटिफिकेशन को सेव करना है उसका स्क्रीन लेके ये स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप पर भेजना है इसके बाद में दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक के स्टेटस पे इसको आपको शेयर करना है बस इतना सा टास्क आप कंप्लीट कर लेते तो आपको ये जो दो पैकेट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे दूंगा दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कुछ कंफ्यूजन हो कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा मैं दो से तीन घंटे में आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा और अगर आपको ये चाहिए तो बाय कुरियर के द्वारा मैं आपके घर पे आपको उसको पहुंचा भी दूंगा और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे जो दूसरे मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए एक मैंने इसका वीडियो इसको हटाता हूँ मैं इसका वीडियो डाल रखा है एक इसका डाल रखा ये दोनों अलग अलग चीज़ें ठीक है इसका डाल रखा है इसका डाल रखा है इसका डाल रखा है इसको सामने करता हूँ आपको ठीक है इसको साइड में करता हूँ इसका डाल रखा है ठीक है इसका डाल रखा है मतलब मैंने बहुत सारी आपको सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है अगर आपने उसे नहीं देखा है ठीक है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं तो इनको हम अलग हटाते हैं अभी बात कर हैं दोस्तों इसकी ठीक है इसकी तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद हमें डिटेल में आपको जो है इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा दोस्तों मेरी थोड़ी सी जो है तबीयत तो ठीक है लेकिन कान में मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है ठीक है और इस वजह से मैं फ़ेस वाला वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी है तो मैं इस टाइप का वीडियो आपको बना के बता रहा हूँ हालाँकि फ़ेस वाली वीडियो आपको ऑलरेडी मैंने डाल सकें सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ते हैं, इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ दोस्तों वन इंटू फोर टेबलेट्स ठीक है मतलब एक पैकेट में चार गोलियां होती है ठीक है अभी मैं खोल के भी दिखाऊंगा आपको इसके ऊपर लिखा हुआ है सिलडीनाफिलइटरे टेबलेट्स आई पी हंड्रेड एम ठीक है देखिए दोस्तों यहाँ पे आई 100 हंड्रेड जो लिखा हुआ है ना ये 100 एम मतलब 100 एम मतलब पावरफुल है ये ठीक है पावरफुल मतलब क्या है कि जिन लोगों का सेक्स टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना जिनको नील सेक्स टाइम है मतलब प्री मेचर से भी कई गुना ज़्यादा प्री मेचर एजुकेशन जिनको है ठीक है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि हम हम जैसे सेक्स करने जाते हैं तो फोर प्ले करते करते हमारा जो है एजुकुलेट हो जाता है फोर प्ले करते करते हमारा निकल जाता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये, ये हंड्रेड एम जी तो बहुत अच्छा काम करेगा ठीक है और इस पर लिखा है वीगोरेक्स वीगोक्स हंड्रेड ठीक है विगोक्स एक्स हंड्रेड लिखा है और एक्स में लास्ट में आप देखेंगे ट्रिपल एक्स है ट्रिपल एक्स जो सिंबल होता है वो सेक्स का होता है ठीक है ठीक है बाकी वही इसमें हिंदी में भी वही लिख रखा है विगो एक्स एक्स एक्स ठीक है विगो एक्स एक्स एक्स हंड्रेड इसके बाद में एक बढ़िया सा फ़ोटो बना हुआ है हालांकि जब आप ये खरीदोगे तो आपको ये जो फोटो है ये नहीं मिलेगी साथ में लेकिन केवल दवाई मिलेगी ड्रेड यहाँ पे इसका जो है लोगो लगा हुआ है इसके बाद में इस साइड में तो ये सब इसका मैन्युफैक्चर मार्केटेड बाय लिखा हुआ है पीछे की साइड भी वही लिखा हुआ है और इधर की साइड इसमें क्या क्या मिला हुआ है वो लिखा हुआ है ठीक है इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं देखिए इस पर लिखा हुआ है सिलडीना साइटेड आई हंड्रेड एम बस इसमें एक ही चीज़ मिली हुई है और कलर इसमें मिला हुआ है टाइटेनियम डाईऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड रेड है ना ये इसमें कलर मिला हुआ है बाकी तो जैसे हर दवाई के ऊपर लिखा रहता है कि कितने टेम्परेचर में रखना है डॉक्टर की सलाह अनुसार लेवे और ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है इस साइड में कुछ भी नहीं है और इस साइड में दोस्तों इसकी कीमत लिखी हुई है एक इसकी कीमत है वन जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है ठीक है काफ़ी सस्ती है इसके बाद में अब इसको मैं ओपन करके भी आपको बता देता हूँ इसके अंदर दोस्तों ये चार गोली निकलती है इस टाइप की और इसके अंदर ये जो पर्चा है इस टाइप का एक पर्चा निकलता है इसको आप चाहे तो आराम से फ्री टाइम में बैठ के पढ़ सकते हैं बहुत लंबा पर्चा है अगर आपको पर्चा पढ़ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं इसका फोटो आपको पहुंचा दूंगा आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं तो क्योंकि अगर ये पढ़ने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं केवल आठ मिनट का ही मुझे वीडियो बनाना है देखिए दोस्तों इसके अंदर ये जो चार गोली निकलती है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है हंड्रेड हंड्रेड हंड्रेड हंड्रेड है ना हंड्रेड लिखा हुआ है अगर आपको देख पा रहे दिख रहा है वैसे आपको चारों पे हंड्रेड लिखा हुआ है ये उल्टी रखी हुई है इसके बाद में पीछे की साइड इसमें देखेंगे तो पीछे भी वही सब कुछ लिखा है जो हमने पैकेट पर पड़ा था ये इधर हमने जो पढ़ा था ना कहाँ पढ़ा था हमने ये इधर जो पढ़ा था ना वही सब कुछ इस पर लिखा हुआ है सेम सेम प्रिंटेड अभी दोस्तों देखिए ये जो गोली इसका उपयोग कैसे करना है जब भी आप सेक्स करो सेक्स करने के आधे घंटे के पहले दूध से एक गोली ले लो ठीक है इसके बाद में आपका सेक्स टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे मान लीजिए अगर आपका सेक्स टाइम ऑलरेडी मान लो पाँच पाँच मिनट उदाहरण के लिए ठीक है और मान लो ये खाने के बाद आपका एक घंटा टाइम बढ़ा तो एक घंटा पाँच मिनट बढ़ेगा मतलब आपका जितना सेक्स टाइम है उतना तो आपका रहेगा इसके अलावा एक्स्ट्रा सेक्स टाइम ये जो है बढ़ाती है बस दोस्तों इसको खाने और इसकी एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप इसको जब भी खाए तो आपको सेक्स करना ही पड़ेगा अगर आप मेस्ट्रबेशन करते हैं तो मेस्ट्रबेशन में भी काम ले सकते हैं ठीक है मेस्ट्रबेशन का भी टाइम बहुत अच्छा बढ़ा देगी ठीक है और जब भी इसको खाएं तो खाने के बाद आपको ये थोड़ा देख लीजिए कि आप सेक्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मतलब कोई सेक्स अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मेस्ट्रोबेशन आपको करना पड़ेगा ऐसा मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि ये खा ली और पता चल रहा है आपको सेक्स करने के लिए कोई मिला ही नहीं ठीक है तो ये खाने के बाद आपको सेक्स करना पड़ेगा ठीक है मतलब ये अंदर से आपको एक एक्साइटमेंट इच्छा ये जगा देता है आ, बस दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा तो कुछ भी नहीं बताने को अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा और अगर आपको ये दवाई चाहिए या कोई भी सेक्स और प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं कुरियर के द्वारा आपको पहुँचा दूंगा और अगर आपने अभी तक गीव अव में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कर लीजिए आपको ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमारे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जय हिंद वंदी मातरम